दोस्तों ये है दुनिया का सबसे बड़ा कछुआ इस प्रजाति के कछुए 250 किलोग्राम तक होते हैं यह एक ऐसी प्रजाति है जो 250 साल से भी ज्यादा दिनों तक जिंदा रह सकती है इस कछुए का नाम अरदाबरा है इस प्रजाति का एक कछुआ था जो 256 साल बाद मर गया ये ज्यादातर सेशल्स आइलैंड में पाए जाते हैं